देखिए फ्रेंड मेरे पकोड़ों का कलर कितना अच्छा और कितना शानदार लग रहा है अब हम इन्हें गरम गरम सब करेंगे और फिर इनका बारिश के साथ इन पकोड़ों का मज़ा लेंगे ठीक है तो फ्रेंड एक बार आप भी अपने का से करें देखिए हो चुकी हैं इन्हें मैं इन्हें मैं अब करने के लिए ये बिल्कुल तैयार है। देखिए अब मैंने निकाल लूंगी। ये देखिए कलर देखिए आप कितना प्यारा कलर आया है ये कलर देख के ही खाने का मन हो करने लगेगा आपका सर ने बोला कि